पहले पृथ्वी पर डायनासॉर्स का राज हुआ करता था लगभग 250 मिलियन साल पहले पृथ्वी का तापमान गर्म होना शुरू हो गया और इस पर कई जीवों की उत्पत्ति भी होने लगी पानी के अंदर रहने वाले जानवर बाहर आकर धरती पर रहने लगे थे और 230 मिलियन साल पहले वो समय था जब पहली बार डायनासॉर्स की प्रजाति विकसित हुई ये प्रजाति रेपटाइल्स की प्रजाति ऐसी ही विकसित हुई थी लेकिन दो मिलियन साल पहले इस धरती आरोप एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ जिससे धरती के अन्य मैमल्स और जीव खत्म हो गए लेकिन इस दौरान डायनासॉर्स ने खुद को वातावरण के एडजस्ट कर लिया लगभग 160 सौ साठ मिलियन सालों तक पृथ्वी पर राज करने के बाद आज से 66 मिलियन साल पहले धरती से एक बड़ा मीटियोर टकरा गया इस धमाके से पृथ्वी पर सारे डायनासॉर्स खत्म हो गए वहीं कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि डायनासॉर्स की बाद के कारण पृथ्वी बहुत गर्म हो गई थी और ग्लोबल वार्मिंग के कारण डायनासॉर्स खत्म हो गए नंबर